या देवी सर्वभूतेषु शक्ति संसिता चई नमः तो जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालनी का दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्व सुहन मत सारी दुनिया से ठोकर खा के माँ तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकर खा के सारी दुनिया से छोकरी खा के मेरी शरण में आ गया मेरी शरण में आ गया पार करो मेरी नैया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 आ गया मा तेरी शरण में आ गया तेरी शरण में चारों तरफ लाहे अंधेरा तेरी कृपा कृपाते होता सवेरा चारों तरफ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 दुनिया से ठोकर दुनिया से ठोकर माधेरी करण में आ गया माधेरी खर...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 मा तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ गया सारी दुनिया से ठोकर काट सारी दुनिया से ठोकर काट मा तेरी शरण में आ गया मा तेरी शरण में आ गया माँ तेरी शरण में आ गया